मध्य प्रदेश में मूंग तुलाई की लिमिट बढ़ाई गई है अब किसान 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल तक मूंग तुलवा सकेंगे किसानों ने इसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का आभार व्यक्त किया कृषि विभाग ने आदेश जारी करते हुए मूंग तुलाई के लिमिट 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दी मूंग तुलाई के लिमिट बढ़ने पर किसानों ने कृषि मंत्री कमल पटेल का आभार जताया उन्होंने कहा की मंत्री ने जो मूंग तुलाई की लिमिट बढ़वाई है इससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा वहीं खरीदी पर कुछ किसान बिना ग्रेडिंग के मूंग लेकर आ रहे हैं जिसको सर्वेयर ने रिजेक्ट कर फिर से ग्रेडिंग करने की समझाइश दी माल तो वैसे नब्बे पंचानवे परसेंट अच्छा साफ सुथरा माल आ रहा है आप। जी जैसे अभी एक दो ट्राली हमने देखी गई है तो उसमें हमने उसको किसान को सलाह दी है जी कि ग्रेडिंग करवा के लाइए या आधार रख के लाइए मतलब साफ करके लाओ माल तो हमारा ऐसा मिट्टी का दो ले रहे हैं शासन की तरफ ऐसी आगे ऐसी मापदंड है उसमें जी। तो उसमें मिट्टी आता है दो परसेंट आ, अपने दाल हो गई तीन परसेंट मटे दाने हो गए तीन परसेंट अपना डंकी हो गया चार परसेंट मॉइस्चर हो गया चौदह बारह परसेंट किसान को भी कोई परेशानी नहीं है और चालीस कुंटल जो मुँह करा है पटेल साहब ने कृषि मंत्री मंडली पटेल ने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार और बहुत बढ़िया तुलाई चल रही है उसमें कोई समस्या नहीं आ रही हम यहाँ रेवा वेरा हाउस में मूँग बेचने आए हैं मूंग बहुत अच्छे तरीके से सुलाई की जा रही है यहाँ किसी बात की कोई समस्या नहीं और मंत्री जी का आभार है कि जिन्होंने पच्चीस मीटर से सभी चालीस मीटर मूँग उलाई का कार्यक्रम चालू कर दिया है जिससे किसानों को सारी सुविधाएँ मिल रही है, है। भारत सरकार के जो मकदम है आ, उसी के लेना है जिसमें जैसा जो उनका पैरामीटर हैं उस पैरामीटर से बाहर जा रही हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है एल एन सी एम एल कंपनी के जो सर्वे मिलते हैं पैरामीटर में अलग अलग हैं जैसे मिट्टी है मिट्टी दो परसेंट तो चूँकि यहाँ जो तो एरिया है यहाँ अधिकांश हार्वेस्टर से, से कटाई होती तो है तो जहाँ अच्छी सूखी फसल है वहाँ तो बढ़िया अगर गीली फसल में कटाई करते तो वहाँ मिट्टी का परसेंटेज बढ़ जाता है दो परसेंट सुखा जाती तो यहाँ जो अधिकांश होती है वो मिट्टी के काम ही होती है कहीं कहीं जैसे आज मैं देखा था एक, एक, एक के ले चला जिंदे तो उससे बोला भैया अपना जिंदे भी रहें कि गोदाम तक न जाए किसान मान लिया तो। रोजगाना करेगा सौ रुपाली के लगभग खुलती थी सौ रुपाली के लगभग द्वारा उनसे लगभग पैंतालीस हज़ार कुंटल की खरीदी की जाना है ग्यारह सौ किसान मेरे पास में तो। उसमें से मैंने साढ़े चार सौ किसानों को तो आज दिनांक तक मैसेज छोड़ चुका हूं। और आज दिनांक तक मेरी संस्था द्वारा लगभग पाँच हज़ार कुंटल खरीदी की